मेरा देश मेरा मुल्क मेरा देश मेरा एवतन, वतन शांति के उन्नति का प्यार का जमन, इसके वास्ते निशार है मेरा मन मेरा तन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ऐ वतन शांति के उन्नति का प्यारिका चमन इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन